YouTube channel. करने से पहले मैं आपको करता हूं कि अगर अभी तक मेरी नहीं है, कर और में जो बिल का आईकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर तथा आज, तो, आज हम लोग एक बहुत बढ़िया जगह जा रहे हैं जो शायद आप लोग पहले

इस टाइप का वीडियो आ, मेरे चैनल पे शायद नहीं देखे होंगे एडवेंचर भी दिखने को मिलेगा और यहाँ पे फन भी आपको देखने को मिलेगा जैसे बियर ग्रिल जैसे टाइप का थोड़ा वीडियो होगा अभी मैं आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाऊंगा वो डेस्टिनेशन है आपका खाना परा पड़ता है जगह का नाम मगर वो जहाँ पे हम लोग जाएंगे वो साइड जो है मेघालय पड़ता है तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए उस डेस्टिनेशन तक कमाऊ

कम हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं और आपको भी दिखाऊंगा जरूर इसका जो नज़ारा है बहुत बहुत ही खूबसूरत है सारा ऐसी बड़ी-बड़ी यहीं से जो हम लोगों का सबसे कठिन सफर शुरू होती है <laughs> मुझे इस सफर में अधूरा छोड़ने के लिए मेरा तीन दोस्त और हैं चलिए उनसे मिलवाते हैं oh

मेरा नाम है डी जिंकी और मैं सबसे आपको मिलवाता हूँ और ये है हम लोग का बबुदा नमस्कार नमस्कार और ये है विशाल नमस्कार और ये है राजा छेत्री हाय बोलो बेटा हाय बाय कौन है कहाँ से आते हैं ही खतरनाक

ऐसा माहौल में ऐसा माहौल सर्वाइव करना चाहिए उसको आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये बहुत डरावनी जगह है जो आप लोगों को भी बहुत आने में परेशानी तो होगी कि ऊपर अभी चढ़ के आ गया हूँ और देखते हैं ट्राई करते हैं और ऊपर जाने की और हमको खाना भी खाना है भूख भी लग रहा है मैं आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये लोग मुझे अधूरा छोड़ के ही चलेंगे और अभी

यहाँ से वो लोग रिटर्न वापस जा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नुकीला नुकीला पत्थर है बड़ा बड़ा पत्थर है अगर कुछ भी हो जाने का चांसेस है बहुत होशियारी से आना पड़ेगा और बहुत दूर दूर, दूर तक यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है अनफॉर्चुनेटली आपको शायद दिख रहा होगा नहीं

<laughs> हम लोग जितना हो सके अभी कोई इंसानी बस्ती अगर हो सकता है वो ढूंढने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और अगर रास्ता का निशान भी मिल जाए तो डेफिनेटली हम लोग को इंसानी बस्ती भी बहुत आसानी से मिलेगी चलिए तो यहाँ से एक सुरंग अभी जैसा लग रहा है

अगर शायद उस साइड से चले जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने का चांसेस है और अगर आपके पास हुनर होगा और सर्वाइव करने की अगर ज़रिया अगर आपके पास होगा तो डेफिनेटली आप ये आसानी से कर सकते हैं घर पे ट्राई बिल्कुल मत करो चलिए घर <laughs> पर होती है वहाँ पे शायद जाना खतरों से खाली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काट, काटा है

और मैं वैसा सूट भी नहीं पहना हुआ है yeah, खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं चलो हाँ, चलो तुम्हारा हाथ दो मैं पकड़ता हूँ संभाल के आना बहुत खत, खतरनाक खतरनाक जगह है और ये देखिए और आप लोग ये देख सकते हैं ये एक्चुअली तेज पत्ता जो होता है वो तेज़ पत्ता का जैसा होता है मगर ये खाने में बहुत जहरीला होता है ये आपको नहीं खाना है

Okay, ये पकने से आप लोग खा सकते हैं मगर लेकिन खाइएगा नहीं मैं ये अभी बिल्कुल नहीं खाऊंगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो अभी हम लोग खाना ढूंढेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पानी है और यहाँ पे पानी में क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं ये देखिए यहाँ पे मौसम भी हो सकती है नहीं अभी तक बहुत टाइम हो गया कुछ टाइम लग रहा है

मुझे दिख रहा है ये देखे जिंदा क्या ना अभी ये देखो जिंदा है जिंदा है

खाने से पहले इसका पेट जो है साफ करना पड़ेगा इसका स्वाद जो है है बहुत बहुत है। ये मैं नहीं खाना चाहता था मगर कोई दाना नहीं है खा लिया।

<laughs> चलिए और हम लोग दूसरा जगह चलते यहाँ से भी रास्ता बहुत तो देख लो आप लोग मैं अभी आसमान की गहराइयों में हूँ तो यहाँ से नज़ारा जो है बहुत बढ़िया है दिख रहा है संभाल के आना और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकता है

अभी अभी तक तो तो कुछ कुछ नहीं मगर भी हो सकता है। है। तो, आगे चलो। A few moments later. अरे ये देखो, हम लोग अभी एक सड़क को मिल चुका है। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ कोई ना कोई आदमी जरूर होंगे और ये देखिए यहाँ पे आपका गाड़ी का निशान भी आपको देख सकते हैं। ये ताजा तो नहीं है एक दो दिन के बाद हुआ होगा और, और वो देखो वो, वो।

थोड़ा जुम करो जुम करो वो आदमी को नजर आ चुका है nice. तो चलो हम लोग उसके पीछे करते हैं <laughs> <नुँँ>। <laughs> बहुत देर बाद अपनी बाइक को देख के दिल को बहुत सुकून मिला और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों को भी जल्द से जल्द ढूंढ ही लूंगा वै

मैं अपने दोस्तों को देख चुका हूँ शायद हम लोग कहाँ गुम हो गए हैं उसके लिए ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग का टेंशन मैं ज़्यादा टाइम पर करार नहीं रखूंगा तो चलिए वहाँ वेलकम तो खाना पड़ा वाटरफॉल वाटरफॉल

अपने बिछड़े हुए दोस्तों को मिलने के बाद कितनी खुशी मिलती है वो शायद बयान नहीं कर सकते you, tripping, <laughs> तो आज का वीडियो में जो हम लोग झरना दिखाने वाले थे वो झरना में पहुंच चुके हैं मैं जितना अंदर हो सके बाइक लेके ज़रूर जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। वेरी ब्यूटीफुल वन एंड ओनली

मेघालय होना चाहिए और लाइन अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो झरना है बहुत सूख चुका है यहाँ पे पानी बहुत कम है अभी। वो पानी हम लोग यहाँ पे ला नहीं सकता है मगर जितना पानी है वो बहुत कम पानी है और हम लोग का पार्टनर सब भी आ चुका है तो

आज हम लोग आया है खाना पड़ा वाटरफॉल का और बहुत ही मजा आ रहा है सोचा था बहुत ज्यादा पानी होगा लेकिन इतना पानी तो तो नहीं है, है नहा वहाने के लिए ठीक है बाकी इतना है नहीं फिर भी अच्छा है व्यू अच्छा दोस्लो, है दोस्त लोग अच्छे से देख बुक कर रहे हैं बढ़िया लगी है वहाँ पे तो चल रहा है पार्टी

थैंक अभी मुझे ही बोल देना बाय बाय खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया